बैंकों का काम होता है ग्राहकों की सेवा करना लेकिन छतरपुर में कुछ और ही मामला देखने को मिला जहां एयू बैंक के कर्मचारियों ने लोन धारक के साथ मारपीट की और अब इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जबकर वायरल हो रहा है बैंक जनता की सेवा के लिए होते हैं और बैंक कर्मचारियों को जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए लेकिन छतरपुर में तो उल्टा ही देखने को मिला है दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एयू बैंक के कर्मचारी सरआम लोन धारक रमेश साहू की जमकर पिटाई कर रहे हैं जिसके बाद इसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है एयू बैंक से लोन लेते हम सुबह आए बोले मिलने हैं हमें से। तो आए पे वो काका। पे हमें हमें मार गए और जमकी दे बोले घर ऐसी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 दखल न्यूज